त मेरा जुनून है दौलत मेरा नशा खौफ मेरा हथिया कदमों में दुनिया है इशारों पे किस्मत और बाहों में <laughs> जिंदगी से खेलना मेरा शौक खेलता हूं अपनी शर्त जीतना मेरी जिद नहीं मेरी अरे चाचा तू तो कहीं महाराजा बिखारी है अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा मार ले ले, ले मार ले भाई मैं पीछे होके खड़ा मार ले मेरी कीड़े पड़ेंगे तेरे ऊपर कुत्ते की मौत मरेगा और मरने के बाद हमेशा हमेशा के लिए नरक की आग में जाएगा तेरी मार के